मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डर पड़िया कहां गई मेरी राम में जो पड़िया कौन गोपति कौन गोपति कंचन महल बना दियो पल में कंचन मैं झोंपा लगरे सुदामा दे मंदिर देखुदाम मंदिर देख डरे इधर उधर दो झुंड पाले इधर उधर दो झुंड पाले करे इधर उधर दो ढूंढे पाले मन में सोचे करे खड़ी झरोखे के पंडित तानी बोली खड़ी झरोखे के पंडित तानी बोली, बोली अब ना करे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देखे डरे मंदिर देखे डरे सुदामा मंदिर देखे डरे सुधाम पहलीर मत मात हंसी दूजी पूरक खड़े पहली पोर मत मात हसी दूजी पूरे पर विषे करमा सुदामा डरे सुदामा दे मंदिर देख डरे, दे डरे सुदामा, सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर दे चारो पदारथ चारों पदारथ रखे भवन में जीना नाथ हरे चारो पदारथ रखे भवन में जीना नाथ हरे प्रभु रौरे भजन में सूर्य दास प्रभु रौरे भजन में दुखे डरे दे भरे सुदामा मंदिर देखे डरे मंदिर देखे डरे सुदाम ा मंदिर देखे डरे मंदिर देखे डरे मंदिर देखे डरे सुदामा मंदिर देखे डरे सुदामा मंदिर दे